नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर आर आर रवि में दोस्तों आज हम बात करेंगे पतंजलि की अभ्रक भस्मत साधारण के बारे में जी हाँ दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको अभ्रक भस्म के करीब करीब 40 से 45 फायदे बताऊंगा दोस्तों इसीलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा ताकि आपको इस अभ्रक भस्म के बारे में सारी डिटेल जो है मिल सके और आप किसी भी जानकारी को मिस नहीं करें दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अभी तक भी आपने हमारा YouTube चैनल आर आर आर रवि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है आपको उस लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को आप प्रेस करके पास में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लीजिए और बेल आइकोन प्रेस करने के बाद में ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव करना बिल्कुल मिल भूलिएगा ताकि आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग और हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ की जानकारी और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों अगर आपको ये अभरत भस्म चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैं कोरियर के द्वारा आपके घर पे इसको आपको पहुंचा दूंगा दोस्तों अगर आपको आपकी किसी भी बीमारी को लेके कोई भी मदद चाहिए या अगर आपको अभरत भस्म को कैसे लेना है आपकी बीमारी के अनुसार तो उसके लिए आप मेरी कंसल्टेंसी ले लीजिएगा आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर जब मुझे आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको ओन कॉल पर्सनल कंसल्टेंसी जो है प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों ये मेरे हाथ में जो है पतंजलि की दिव्य अभ्रक भस्म साधारण है दोस्तों ये जो अभ्रक भस्म है ये पाँच ग्राम के पैकेट में आती है और ये जो दिव्य लिखा है ये दिव्य इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो पतंजलि की दवाइयाँ होती हैं वो दिव्य फार्मेसी में बनती है इसलिए इसके ऊपर आपको दिव्य लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों ये जो है एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है ठीक है मतलब ये दवाई है ठीक है ये कोई टॉनिक नहीं है ये दवाई है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है दोस्तों इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है वॉट इज ए कम्पोजिशन ऑफ पतंजलि अभ्रक भस्म किन किन चीज़ों से मिलकर अभरत भस्म बनी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें पाउडर फॉर्म में मिला हुआ है धानिया बरखा और मरदाना में मिला है अरका नाया ग्रोथा कदाली इतनी सारी चीज़ों से मिलके ये अभ्रक भस्म जो है बनी हुई है दोस्तों यहाँ पे डोजेस लिखा हुआ है कि हमको इसको कितनी मात्रा में लेना है लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि दोस्तों ये जो भस्म होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है इसको अकेले नहीं लिया जाता है एक चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि भस्मों को अकेले नहीं लिया जाता है इसको आपकी जो भी दवाई चल रही है जिस जिस भी बीमारी के लिए आप अभ्रक भस्में लेना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको इसके प्रॉपर डोज या कंप्लीट डोज के साथ में आपको उसको लेना है ताकि ये आपको अच्छे से फ़ायदा भी करे और इसका आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम नहीं मिले तो दोस्तों अगर आपको आपकी किसी भी बीमारी को लेके इसको लेने की विधि जानना है तो इसके लिए आप मेरी कंसल्टेंसी ले लीजिएगा स्क्रीन पे देगा व्हाट्सअप नंबर पे जब मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा आपकी बीमारी के अनुसार कि आपको इसको कैसे लेना है कौन सी दवाई के साथ में लेना है और दोस्तों इसको अकेले नहीं लेना है मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि इसको अकेले नहीं लेना है दोस्तों इसमें इंडिकेशन में लिखा हुआ है यूजफुल इन पांडू रक्तपित ठीक है ये पांडू और रक्तपित दोनों में दोस्तों बहुत अच्छा फायदा करती है हालांकि इसके बहुत सारे लगभग में 40 से 45 फायदे अब इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे आप सावधानी भी देख सकते हैं सावधानी में लिखा है चिकित्सीय निरीक्षण में ही प्रयोग करें मतलब आपको अपने मन से इसको जो है नहीं लेना है आपको इसको चिकित्सीय निरीक्षण में ही लेना है ठीक है क्यों क्योंकि दोस्तों ये भस्में जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है और इसको अपने मन से नहीं लेना चाहिए दोस्तों ये आप यहाँ पे जो सर्कल देख रहे हैं गोल गोल सर्कल देख रहे हैं ये दोस्तों एक्चुअल में अभ्रक भस्म है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जो है दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन है और इसके अंदर ये जो आपको दिख रही है ये अभ्रक भस्म है ये डार्क पिंक कलर मतलब डार्क गुलाबी कलर जो है उस कलर में अभ्रक भस्म होती है और इसके अलावा दोस्तों सामने की साइड तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा है अब हम पीछे की साइड दोस्तों इसको देख लेते हैं दोस्तों पीछे के साइड भी इसमें जो है नाम लिखा हुआ है कि क्या है अबरक बसम है और पाँच ग्राम की पैकिंग में ये आती है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है और उन्नीस रुपये इसकी कीमत है जी हाँ दोस्तों काफ़ी सस्ती होती है अब्रक बस में ये उन्नीस रुपये की ही है ठीक है ये सबसे सस्ती बस्म है दोस्तों पहले इसकी कीमत तेरह थी ये बाद में अभी अभी इसमें जो है दो से ही उन्नीस किया गया इसके पहले दोस्तों कम से कम दस साल से ये तेरह के अंदर ही आ रही थी बस दोस्तों इसके ऊपर इतना ही सब कुछ लिखा हुआ है इसके अलावा इसके ऊपर और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है अगर दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा मैं आपकी कमेंट का दो से तीन घंटे के अंदर रिप्लाई जरूर करूंगा आइए दोस्तों जानते हैं अभ्रक भस्म के फ़ायदे के बारे में बेनिफिट्स ऑफ पतंजलि अभरक भस्म अभ्रक भस्म के फ़ायदे और नुकसान दोस्तों अभ्रक भस्म जो है ये आपके खून की कमी यानी अगर आपको एनीमिया की शिकायत है एनीमिया की प्रॉब्लम है तो एनीमिया की प्रॉब्लम में दोस्तों अभ्रक भस्म आपको बहुत अच्छे से जो है काम करती है अगर आपकी एज बहुत ज्यादा है या फिर आपको किसी बीमारी की वजह से भी अगर आपको खून की कमी हो रही है तो उसमें भी आपको काम करेगी अगर दोस्तों आपको पीलिया हो गया है ठीक है तो पीलिया में भी दोस्तों अभ्रक भस्म बहुत अच्छे से जो है काम करती है पीलिया के लिए दोस्तों अभ्रक भस्म रामबाण औषधि का काम करती है दोस्तों अगर आपको चमड़ी के कोई भी रोग हो गए हैं ठीक है थीके? अगर आपको स्किन डिसऑर्डर है स्किन डिजीज है तो स्किन डिजीज में भी अभ्रक भस्म का आप उपयोग करेंगे तो आपकी चमड़ी के जो रोग है वो दूर हो जाएंगे अगर आपको दोस्तों टीबी की समस्या है अगर आपको टीबी हो गई है ट्यूबलर क्लोरोसिस हो गई है तो ऐसे में आप अभरक भस्म का सेवन जरूर कीजिएगा अभरक भस्म का सेवन करने से आपकी टीबी की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी <kuh> दोस्तों अगर आपको अस्थमा हो गया है अस्थमा मतलब जिसको बोलते हैं दमा ठीक है अगर आपको श्वास चलती है अस्थमा हो गया है दमा की शिकायत है अगर आपको तो ऐसे रोगों के लिए भी आप अभरक भस्म का अगर सेवन करेंगे तो ये आपको काफ़ी फायदेमंद साबित होगा दोस्तों जिन लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो सभी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित समस्या में अभ्रक भस्म का सेवन बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है दोस्तों अगर आपको दिमाग की कमजोरी है तो दिमाग की कमजोरी में भी आप अभृत भस्म का सेवन कर सकते हैं दिमाग की थकान के लिए भी अभरत भस्म बहुत ही अच्छी रामबण औषधि का काम करती है अगर आपको शारीरिक थकान देती है तो शारीरिक थकान में भी अगर आप अभ्रत भस्म का उपयोग करेंगे तो आपके शारीरिक थकान में भी आपको फायदा करेगी दोस्तों अगर आपको धातु की कमी है अगर आपके शरीर में धातु की कमी है तो ऐसी कमी को भी दोस्तों अभ्रक भस्म जो है पूरा करती है अगर आपके शरीर में धातु की वृद्धि हो गई है मतलब धातु बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो ऐसी स्थिति में अगर आप अभ्रक भस्म का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में जो धातु बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वो कम होने लगती है अगर आपको पुराना बुखार है तो पुराने बुखार के लिए दोस्तों ये अभृत भस्म बहुत ही अच्छी रामबन औषधि होती है पेट के रोगों के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छी होती है मतलब सभी प्रकार के पेट के रोग जो है वो इस अभ्रक भस्म को लेने से खत्म होते हैं प्रमय की शिकायत में भी दोस्तों आप अभ्रक भस्म का सेवन कर सकते हैं जिन लोगों को मंदाग्नि है मंदाग्नि में भी दोस्तों ये बहुत अच्छा फायदा करेगी दोस्तों जिन लोगों को संग्रहणी है आव है दस्त पेचिश है ऐसी समस्या में भी अभ्रक भस्म आपको काफ़ी जो है लाभ करेगी जिन लोगों को सामान्य बुखार मतलब जिसको बोलते हैं साधारण ज्वर साधारण ज्वर में भी दोस्तों ये आपको बहुत अच्छा जो है फायदा करेगी दोस्तों ये हृदय रोगों के लिए बहुत अच्छी होती है मतलब दिल की जो बीमारी होती है दिल की बीमारी के लिए काफ़ी अच्छी होती है अभरक भस्म जो लड़के और लड़कियाँ दुबले पतले हैं काफी दुबले पतले हैं और अपना वजन अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो अगर अभ्रक भस्म का सेवन करेंगे तो आपका वजन जो है बढ़ने लगता है जिन लड़कों को जिन लड़कियों को या जिन महिलाओं को जिन पुरुषों को सेक्स की इच्छा में कमी है मतलब काम इच्छा में कमी है सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है संभोग की इच्छा नहीं होती है तो so, ऐसे लोग अगर अभ्रक पस्म का सेवन करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा जो है इससे जो सेक्स की इच्छा है काम शक्ति की इच्छा है वो आपकी इससे जो है बढ़ जाती है अगर आपके दोस्तों लीवर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो गई है लीवर से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप पतंजलि की अभरत पश में ले सकते हैं क्योंकि ये लीवर की रक्षा करता है दोस्तों ये जो पतंजलि की अभरतश्म है ये आपके शरीर में जितनी भी धातुएं होती हैं सभी धातुओं की पुष्टि करता है मतलब कमी को पूरा करता है दोस्तों <coughs> सॉरी दोस्तों अगर आपको अगर आप महिलाएं हैं और अगर आपको बांझपन है मतलब अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों ऐसे में आप अभृत भस्म का सेवन कर सकते हैं हालांकि मैं जो प्रेगनेंसी रिलेटेड आपको जो दवाई देता हूं उसमें मैं अभरत भस्म जरूर आपको देता हूं क्योंकि इसके बिना प्रेगनेंसी की दवाई कम्प्लीट नहीं होती है तो अगर आपको फीमेल बांझपन यानी इनफर्टिलिटी है किसी भी वजह से तो आप इसका सेवन कर सकते हैं हालाँकि मैंने प्रेग्नेंसी प्रॉब्लम के ऊपर बहुत सारे वीडियो अपने चैनल में डाल रखे हैं पतंजलि का कॉलेज में तो अगर आप उसे नहीं देखा तो प्लीज़ पतंजलि का कॉलेज के के उसको देख लीजिएगा, दोस्तों नपुंसकता में भी ये बहुत अच्छी काम आती मतलब जिन पुरुषों को नपुंसकता है किसी भी वजह से अगर वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे बाप नहीं बन पा रहे तो ऐसे में आप अभर भस्म का सेवन करेंगे तो आपकी नपुंसकता की जो है प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जिन पुरुषों को इरेक्टाइल डिफंक्शन है मतलब जिन पुरुषों के लिंग में तनाव नहीं आता है लिंग खड़ा नहीं होता है तो ऐसे पुरुष अगर इसका सेवन करेंगे तो आपके लिंग में तनाव आने लगेगा लिंग खड़ा होने लगेगा जिन महिलाओं की जो वजाइना है या योनी है बहुत ज़्यादा ढीली हो गई है तो ढीली योनी के लिए ढीली वजाइना के लिए अभ्रक भस्मक का आप उपयोग करेंगे तो आपको बहुत जल्दी जो है राहत देखने को मिलेगी पेट के की कीड़े के लिए दोस्तों ये रामबन औषधि है जिन लोगों के पेट में कीड़े हैं वो अगर इसका सेवन करेंगे तो पेट के की कीड़े मर जाते हैं जिन लड़कियों को या जिन लड़कों को धात जाती है तो धात जाने की जो शिकायत है उसमें ही आपको फायदा करेगी किडनी के रोग में दोस्तों ये बहुत ही अच्छी लाभकारी होती है किडनी के सभी रोगों में आप इसका सेवन कर सकते हैं जिन महिलाओं को या जिन पुरुषों को हेयर फॉल होता है मतलब बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो दोस्तों ऐसे में आप इसका उपयोग करेंगे तो आपके बाल झड़ने की जो समस्या है वो बाल झड़ने की समस्या आपकी जो है खत्म हो जाएगी सभी प्रकार का चर्म रोग जिसमें आपको लेकोडरमा हो गया या फिर अगर आपको सोराइसिस हो गया एक्जिमा हो गया कुष्ठ रोग हो गया दराद हो गई खा, दात खास खुजली हो गई सभी प्रकार के चमड़ी के रोगों में दोस्तों अभ्रक बस बहुत अच्छे से काम आती है अजू स्पर्मिया को दोस्तों ये खत्म करती है अजू स्पर्मिया अगर आपको है मतलब अगर आपको अजू स्पर्मिया स्पर्मिया या फिर नील शुक्राणु जिसको बोलते हैं अजू स्पर्मिया या नील शुक्राणु दोनों में दोस्तों अभग पश्मा का सेवन बहुत ही अच्छा लाभकारी सिद्ध होता है जिन पुरुषों को शुक्राणु की कमी है तो ऐसे पुरुष भी अगर अभ्रक भस्म का सेवन करेंगे तो आपके शुक्राणु की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी यौन दुर्बलता को दोस्तों दूर करती है महिलाओं के और पुरुषों के दोनों के यौन दुर्बलता को ये दूर करती है अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है आपकी जो भी दवाई चलेगी या जो भी आ, कोर्स रहेगा तो प्रोपर डोजेस के साथ में इसको मिक्स करके ली जाती है इसको अकेले नहीं लिया जाता है तो इसके लिए आप कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी ले लीजिएगा स्क्रीन पे जो नंबर है इस पे मुझे आप कर दीजिएगा मैं आपको ऑन कोई पर्सनल प्रोवाइड करवा आगे बात करते हैं दोस्तों कुष्ठ कुो के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छी रामबन औषधि जिन लोगों को कुष्ठ रोग हो गया है कुष्ठ रोग में इसका आप जो है सेवन कर सकते हैं दोस्तों ये जो अभरक भस्म है ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है मतलब डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अभरक भस्म बहुत अच्छी होती है मतलब जिन लोगों के शरीर में विषैले तत्व बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो वो लोग अगर अभरक भस्म का सेवन करेंगे तो आपके शरीर के विषैले तत्व खत्म होते हैं मिर्गी की समस्या के लिए दोस्तों अभरक भस्म बहुत ही अच्छी रामबन औषधि का काम करती है अगर आपको याददाश्त की कमजोरी है अगर आप बार बार भूल जाते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है या किसी भी प्रकार से अगर आपको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है याद नहीं रहता है कुछ भी तो दोस्तों ऐसे में अभ्रक भस्मक अगर आप सेवन करेंगे तो आपकी याददाश्त बढ़ती है दोस्तों दिल की कमजोरी और दिल की बीमारी के लिए अभरक भस्मक बहुत ही अच्छी रामवन औषधि का काम करती है दोस्तों ऐसे बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों अभ्रक भस्मक के इसमें तो लगभग शायद मैं चालीस पैंतालीस फायदे ही बता रहा हूँ लगभग क्योंकि दोस्तों अगर मैं इसके बहुत सारे फायदे अगर बताने लगा तो ये वीडियो दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो दोस्तों अगर आपको इसके अलावा और भी कोई समस्या है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा या आप आपकी प्रॉब्लम को लेके ट्रीटमेंट चाहते हैं पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको ओनको पर्सनल कंसल्टेंसी जो है प्रोवाइड करवा दूंगा और आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा दोस्तों अभी मैंने आपको इसमें बताया है अभ्रत भस्म के पूरे फायदे के बारे में ठीक है अभी मैं अभ्रक भस्म के नुकसान बताऊंगा ठीक है और नुकसान बोल दो या प्रिकॉशन बोल दो है ना कॉशन बोल दो ठीक है तो इसमें दोस्तों आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसको प्रेगनेंट जो लेडीज़ हैं उसको नहीं लेना है जो प्रेगनेंट लेडीज़ हैं उनको अभ्रक भस्म का सेवन बिल्कुल नहीं करना है जो महिलाएं बच्चों को दूध पिला दी जिनके बच्चे छोटे हैं दूध पिला दी उन महिलाओं को भी अभ्रक भस्म का सेवन नहीं करना है हालांकि दोस्तों आपकी क्या प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में आपको अभ्रक भस्म की जरूरत भी है या नहीं है या फिर आपको किसी और दवाई की ज़रूरत है तो जब आप मेरी कंसल्टेंसी लेंगे तब मैं आपको प्रॉपर गाइड जो है करूंगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए अगर अच्छा नहीं लगाओ तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर दीजिए दोस्तों अगर आपको इस अभरक भस्मत से संबंधित अगर कुछ क्वेश्चन है पूछना है या कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए बुरा लगा तो बुरा लिखिए और क्यों लगा उसका कारण भी लिखिए दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल RRR रवि को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको आप प्रेस करके पास में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके दोस्तों बेल आइकोन दबाने के बाद में आपसे निवेदन है ओल नोटिफिकेशन को सेव आप जरूर कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी और आप बहुत सारे वीडियो से वंचित रह जाएंगे दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लीजिए और लिंक कॉपी करने के बाद में इसको अपने WhatsApp और Facebook के स्टेटस पे एक दिन के लिए ये लिंक या ये वीडियो आप लगा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पतंजलि अपरक के फ़ायदे लोगों तक पहुंच सकें इसको अपने WhatsApp और Facebook के सभी ग्रुप में और सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों हर बार की तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए हर बार की तरह हमारे चैनल पर आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबाने के लिए ओल नोटिफिकेशन को सेव करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातम